नमस्कार दोस्तों एक्चेंज दो 2008 मॉडल केम्स ऑफ टाइमिंग मैं बताने जा रहा हूं कैसे लगता है इसका कैसे टाइमिंग मिलता है जो छोटा चैन रहता है उसके साथ ओके ऐसे पहले आयल रख लेते हैं उसके बाद तो ये देखिए ये रखा है और पहले यहाँ दिखाओ यहाँ दिखाओ यहाँ पर दिखना चाहिए ये येलो कलर दिख रहा है डबल ये मार्का है यहाँ पे केमसॉप पर ओके केम ये दोनों येलो कलर के बीच में रखने का ओके और इस साइड दिखाओ देखो एक ये येलो कलर है यहाँ पे भी केमसाप का मार्का है देखिए ओके ओके ओके, यहाँ पर देखिए ये एक लॉक है ये इसके लेवल रहना चाहिए और इधर ये लॉक है इसके लेवल रहना चाहिए ए हेड के ओके ये है वो गया टाइमिंग देखिए ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री पे ये टाइमिंग चैन का इससे मार्का से इस मार्का तक आ रहा है और उसके बाद जो ये के एम का ये टाइमिंग बेल्ट का टाइमिंग होता है ये लॉक तो ऊपर ही रहता है उसके बाद माल ये जो है एक कैम सॉप का ये दोनों आउटसाइड बाहर साइड रहना चाहिए ओके और ये पोजीशन अंदर साइड उधर से अंदर साइड इधर से अंदर साइड ओके और ऐसा रहे कि जब इंजन घूमे तो ये ऐसा उठता है और ये ऐसा दबता है तो ये इस पर टाइमिंग होता है ओके अभी ऑयल रख लेते हैं ये जो पीस लगता है इसका ई रहता है जो एकजोश रहता है ओके यहां ई लगता है ई है देखिए जो सेलेंसर के साइड है वो ई लगता है और उधर आई लगेगा यहाँ पे आई लगता है मेन मेनफोल इनटेक के इस साइड में ओके okay, ये हो गया होंडाई एक्सेंट 2007 से 10 मॉडल तक का ये टाइमिंग है और आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कमेंट करी करी कर, कर, या करिए और जब हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चाहे हथोड़ी मार के चाहे रिंच फेंक के सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा रहेगा हमको सपोर्ट मिलेगा आपका ओके बाय बाय